वाह अरे, वाला, गुण गुण अरे मीडिया वाला वाह माइक लेके घूम घूम के इंटरव्यू ले रहा है अरे हम सारे मीडिया वालों को नहीं बोल रहे हैं हम उस मीडिया वालों को बोल रहे हैं जो माइक ले रहा है हाथ में और घूम घूमते घर घर घूम घूमते जाना इधर व्यू ले रहा है कि हम चाहक जाएंगे तो मनीष का सेफ हो जाएंगे तो अरे मनीष का सेप बनने के लिए उतना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ना होगा लिखना होगा दिमाग चाहिए उसके लिए बनने के लिए तुम्हारे जैसा नहीं साल चौदह पांचवा और माइक माइक लेने के लिए हाथ में घुस दिया और ले रहा रहा है रहा है सर सर इंटरव्यू न्यूज़ चैनल बना हर मतलब का उल्टा मतलब निकाल के मीडिया लगा रहे थे जैसे हाँ मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हैं और चीज का उल्टा महीने लगा करके है हाँ? तबरा डोड़ी चाटना बा पपिया पाटना बा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ जो उसका छोटा देवरा छे महीना सात महीना का पेट पे खेला रही है और वहाँ पे खेल रहा है वो सब उसी के हिसाब से वो बताया है कि हाँ देवरा झोड़ी चाटना बा बोल रहा है देवरा झोड़ी चाटना बा पपिया तो नाटना बा ताला उल्टा मतलब निकालने वाला ताला